सच में बहुत खुशी मिलती है जब मम्मी कहती है दिमाग तो बहुत है बस पढ़ता ही नहीं है <laughs>